यदि आपकी भी कुंडली में सूर्य राहु का ग्रह दोष है चंद्र राहु का ग्रह दोष है अथवा श्रापित दोष है अथवा दोष है या हम तो ऐसे मानते नहीं काल दोष को तथा कथित ज्योतिषियों के द्वारा आपको बताया गया है कि आपकी कुंडली में काल दोष है तो अमावस्या के दिन कुछ हम आपको विशेष प्रयोग बताने जा रहे हैं इन प्रयोगों को करिएगा और अपने जीवन में चमत्कार कैसे होता है इसको घटते हुए आप लोग जरूर देखिएगा और हमारे ये तमाम प्रयोग सिद्ध है और सभी की पहुंच तक की जो है ये प्रयोग है तो दर्शकों देरी किस बात की अंत तक कि इस वीडियो को आप जो है पूरा देखिएगा आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन ज़रूर दबाइए और यदि आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जम कर शेयर करिए तो दर्शकों अमावस्या के दिन देखिए अमावस्या की जब रात आती है तो बिल्कुल आसमान में चारों तरफ से अंधेरा जो है होता है और ऐसे में तो उन्हें टोटकों के लिए तांत्रिक क्रियाओं के लिए अमावस्या की रात बड़ी उत्तम और उपयुक्त मानी जाती है इसमें आप थोड़ी सी मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे कुछ खास कार्य करने से आपको भी अधिक इसमें लाभ मिलेगा तो यदि आपकी भी कुंडली में पितृदोष है ग्रह दोष है या तथाकथित ज्योषियों के द्वारा जो काल दोष बताया जाता है तो आपको इस दिन करना क्या रहेगा किसी कर्मकांडी को बुलवा लीजिएगा उनसे आप इस दिन जो है पूजा करवाइएगा शनि के वैदिक मंत्र राहु के वैदिक मंत्र केतु के वैदिक मंत्रों को जो है आप लोग जितना यथा संभव हो खुद भी जाप करें और उन कर्मकांडी ब्राह्मणों से भी जपवा करके इसी दिन आप लोग हवन करवा दीजिएगा और भगवान शिव की पूजा बहुत लाभदायी होगी तो भगवान शिव की यदि पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दूसरा एक प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं अमावस्या के दिन एक सूखा नारियल आपको लेना है और उस सूखे नारियल पर आपको ऊपर से थोड़ा सा उसको काट दीजिएगा या उसमें छेद कर दीजिएगा अब उसमें आप रवा डाल दीजिएगा अथवा आटा डाल दीजिएगा थोड़ा सा उसमें घी डाल और चीनी चीनी शक्कर को कहते हैं तो उसमें शक्कर डाल दीजिएगा और इसको डालने के बाद ऊपर से छेद बंद करके अच्छे से मिक्सअप कर दीजिएगा हिला दीजिएगा इसके बाद इसको किसी पेड़ के नीचे जहाँ पर चीटियाँ बहुत अधिक आती हो और ख़ास करके वो पीपल का पौधा हो तो बहुत अच्छा है उसके नीचे ले जाना और चुपचाप रख करके आपको चले आना है पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देना है बहुत ही अमोघ उपाय है अमावस्या के दिन यदि आप ये कर लेते हैं तो आपके ऊपर से जो पीड़ा आई हुई है वो दूर होगी सुख समृद्धि यश मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी इस उपाय से और दोष भी यदि आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आपको शांति मिलेगी प्रत्येक अमावस्या को यदि करते हैं तो बहुत आपको लाभ होगा इसके साथ साथ दर्शकों और क्या होगा तो अमावस्या की रात को आठ बादाम लेना है आठ काजल की डिब्बी लेनी है और काले कपड़े में बांधकर आप अपने जो है धन रखने के स्थान पर भी यदि इसको रखते हैं तो धन संबंधी या आर्थिक समस्याएं जो आपके जीवन में आ रही हैं उससे आपको निजात प्राप्त होता हुआ दिखेगा महीने में जो अमावस्या पड़ती है इस दिन आप लोग जो है किसी कुएं में आप थोड़ा थोड़ा जो है कच्चा दूध डाल दिया करिए दस या पाँच रुपए की पैकेट आती है इसको लेकर के कुएँ में आप लोग जरूर डाल दिया करिए तो आपके अधिकतर दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी इसके साथ अमावस्या के दिन शनिदेव पर यदि आप सरसों के तेल काले उड़द काले तिल लोहा काला कपड़ा और नीला पुष्प चढ़ा करके शनिदेव के पौराणिक मंत्र की एक माला का जाप करेंगे तो इससे शनिदेव का प्रकोप बिल्कुल शांत हो जाएगा और दशरथ कृष्ण शनि स्रोत का भी पाठ करना अमावस्या के दिन बहुत लाभकारी रहेगा हमारे तमाम दर्शक कहते हैं कि पंडित जी अमावस्या आती है उपाय बताइए देखिए दर्शकों यहाँ पर सोमवार को अगर अमावस्या पड़ती है तो उसको सोमवाती अमावस्या बोलते हैं शनिश्चरी अमावस्या जो है बोलते हैं तो देखिए अमावस्या कोई भी हो उपाय यही रहेगा बार बार अलग वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है अमावस्या के दिन अगर जो है तमाम लोग अपने वीडियोस पर व्यू लाने के लिए दो लौंग यहाँ रखिए तो आप करोड़पति बन जाइए आप जो है खरब बन जाइए सिक्का यहाँ रखिए फलाना धमाका बताते हैं ये सब गलत बताते हैं गलत तरीके से आप लोगों को भ्रमित करते हैं ये सब कार्य मत करिएगा जो वैदिक विधियाँ हम आपको बता रहे हैं शास्त्रोक्त जो विधिया हम बता रहे हैं इसको आप प्रयोग में करिएगा तो अच्छा होगा अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना रहेगा और ये जो सरसों के तेल का दीपक रहेगा एक दीपक में चार रूई की बत्ती निकली होगी चौमुखी दीपक इसको बोलते हैं इसको आप लोग जलाइएगा आपके पितृदेव बहुत प्रसन्न होंगे एक प्रयोग और बताने आपको जान रहे अमावस्या से रिलेटेड है देखिए दिल खोल के प्रयोग बता रहे हैं आप लोग अपनी अपनी झोली भर लीजिए कोई भी प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अमावस्या के दिन यदि काला कुत्ता दिख जाए तो सरसों के तेल पर सरसों का तेल ले लीजिएगा और रोटी पर लगा लीजिएगा और कुत्ते को खिलाइएगा आपका केतु भी शांत होगा और जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं शांत हो जाएंगे मंदे पड़ जाएंगे इसके साथ साथ दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि अमावस्या वाले दिन काले घोड़े की नाल को अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लोग स्थापित कीजिएगा आपके घर की रक्षा होगी और जब नाल को आप स्थापित करिएगा तो जो यू आकार का होता है तो ऊपर की ओर मुँह खुला हुआ हो एक चीज़ और बता दें दर्शकों कि यदि आप लोग बेरोजगार हैं तो अमावस्या के दिन एक आप लोगों को पीला नींबू लेना है और रात्रि के समय उसके चार टुकड़े करके चौराहे पर आप लोगों को उसको डाल देना होगा और चुपचाप घर चले आइएगा पीछे पलटकर मत देखिएगा अपने पहने हुए जूते चप्पल का भी दान आप लोग अमावस्या के दिन कर सकते हैं यदि आप ट्रांसफ़र चाहते हैं आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो दर्शकों एक उपयोग आपको बताने जा रही है ये आप लोग करिए मनचाहा स्थानांतरण पाने के लिए आप लोग 400 ग्राम सौफ लीजिएगा और इसको किसी निर्जन स्थान पर ऐसे स्थान पर दबाइएगा कि जहाँ पर खेती वगैरह ना हो या जहाँ पर घर भी ना हो और जब आप इसको खोद के डालेंगे तो आप मन में प्रार्थना करिएगा कि मेरा अभी जहाँ पर है आप जहाँ पर स्थानांतर चाह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा स्थानांतर फला जगह पर हो जाए और उसको बंद करके चुपचाप पलट कर चले आइएगा घर में एंट्री करने से पहले हाथ पैर ज़रूर धुल लीजिएगा तो दर्शकों ये तो थे कई चुनिंदा उपाय अमावस्या के दिन करने के लिए अब एक और प्रयोग बता रहे हैं सुख समृद्धि गाय के बहुत ही बढ़िया प्रयोग है गाय को आप लोग जानते होंगे क्योंकि गाय में सुरभि नामक लक्ष्मी का वास होता है तो अमावस्या के दिन यदि आपकी भी कुंडली में दोष है और लाख उपाय करने के बाद भी आपको राहत नहीं मिली है तो हमारे बताए हुए प्रयोग आप लोग तीन महीना करिएगा महावसा महावसा वाले दिन आपको तत्काल राहत मिलेगी गाय का हर, जो है गाय को आपको हरा चारा खिलाना रहेगा और हरे चारे में आपको रॉक सॉल्ट काला नमक आपको डालना रहेगा सैला नमक हो गया काला नमक हो गया ये डाल करके आप गाय को खिलाइए और फिर देखिए कितनी ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा राहत मिलेगी इससे आपके पितृदोष का ये बहुत ही अच्छा उपाय है पितृदोष आपका इससे कई गुना शांत होता हुआ दिखेगा ये सब प्रयोग करने के बाद यदि आपको लाभ हो जाता है तो एक काम करिएगा हमें कोई दक्षिणा मत दीजिएगा फीस मत दीजिएगा तमाम लोग जो कुंडली दिखाने आते हैं वो देखे जाते हैं किसी गरीब बच्चे को यदि भूखा है वो तो आप लोग तो प्लीज़ भोजन ज़रूर करा दीजिएगा ये आप लोग प्रयोग करिए और कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर बताइएगा क्योंकि तमाम दर्शकों के कमेंट आ रहे थे कि अमावस्या में पंडित जी कोई आप ऐसा प्रयोग बताएँ क्योंकि आप अमावस्या से रिलेटेड नहीं बता रहे तो देखिए महीने में जो है अमावस्या आती ही आती दो अमावस्या वैसे भी पड़ती ही पड़ती है लेकिन ये बताइए कि हर महीने में यही प्रयोग बार बार अगर हम पुनरावृत्ति करेंगे तब भी नहीं ठीक है ना ये वीडियो हमने बना दिया है प्रत्येक अमावस्या में आप इसको कर सकते हैं और और भी जोशी लोग जो बताते हैं घूम फिर के यही सब बताते रहते हैं दस वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं एक वीडियो बनाए हैं इसको आप लोग जो भी कोई एक उपाय अगर आप पकड़ लिए जैसे गाय के चारे वाला बहुत अच्छा उपाय है हाँ अमावस्या के दिन आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक तिल के तेल का जरूर जलाइएगा तो ये सब प्रयोग यदि आप लोग करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हाँ आप लोगों से वही अपील है इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे तो इस पेज को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पेज पर जरूर शेयर करिए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार